आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के, के यूट्यूब चैनल पर हाँ जी तमने आपने बिल्कुल सही पढ़ा एक जुलाई 2021 से टीडीएस कटेगा दुगने अमाउंट से तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिए अगर आपने इस सेक्शन को नहीं समझा इसके बारे में जानकारी नहीं ली तो एक जुलाई 2021 से सेक्शन ये कहता है कि जिन लोगों को टी काटना है तो उन लोगों को डबल रेट से टी काटना पड़ेगा लेकिन ये सेक्शन एकदम फालतू का सेक्शन है मैं आपको बताता हूँ कैसे ये वाला जो सेक्शन है बहुत कम लोगों को हिट करेगा वो बताता हूँ कैसे लेकिन ये टेंशन बढ़ाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की यह सेक्शन सिर्फ टेंशन बढ़ाने वाला है और कुछ नहीं है मैं आपको बताता हूँ सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा अगर नहीं कराए तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें जिससे आपको सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहे और ये बिल्कुल फ्री होता है चलिए जी बात करते हैं सेक्शन टू ए बी की इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हमारी कंपनी है FinTech Solution Private Limited अब हमारी कंपनी पे टी के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं तो हम क्या करते हैं टी काटते हैं अब हम टी किस किस का काटते हैं मान लो हमने कपिल जैन का टी काटा हमने मनीष अग्रवाल का टी काटा प्रोफेशनल का या हमने 194C में कॉन्ट्रैक्टर का टी काटा या हमने सैलरी पर टी काटा युगल का अब यहाँ पर इस बात को समझिएगा ये सेक्शन कहता क्या है कि 1 जुलाई 2021 से जब भी तुम किसी का टी काटोगे तो इस बात को एंश्योर कर लेना कि जिसका आप टी काट रहे हो उसने अपनी दो साल की आई टी आर फाइल कर दियो अरे भैया ये क्यों जानना चाहते हो तुम उन्होंने कहा नहीं भैया अगर जिस व्यक्ति ने अपनी दो साल की आई टी फाइल नहीं की है आप उसका टी डी एस हायर रेट से काटोगे अगर वो व्यक्ति अपनी दो साल की आई फाइल नहीं करता है और साथ में उसका जो टी कटा है पिछले दो सालों में पिछले दो सालों में वो पचास हजार से ज़्यादा हो पर ईयर सर ये क्या बात हो हम समझे नहीं इस बात को समझना अब मेरे पास क्या है ये वन नाइनटी ठीक है एक व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्टर है अब पहली बात तो आप समझो कि जब मैं फाइनेंशियल ईयर हम किसकी बात कर रहे हैं एक जुलाई दो जब मैं फाइनेंशियल ईयर दो 2022 की बात कर रहा हूं तो मैं इसके दो साल कौन से चेक करूंगा सर आप पिछले दो साल चेक करोगे फाइनेंशियल ईयर 1920 और फाइनेंशियल ईयर बीस बिल्कुल गलत ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या लिखा है दो साल वो चेक करने हैं जिसकी आई की डेट जा चुकी हो अरे भैया इस वाले केस में तो इसकी आई की डेट अभी गई नहीं है तो आपको कौन से दो साल चेक करने पड़ेंगे फाइनेंशियल ईयर अट्ठारह एंड उन्नीस बीस अगर आप 1 जुलाई 2021 को टीडीएस काटते हो और इन दो सालों में भी क्या चेक करना है इस व्यक्ति ने अपनी आईटीआर फाइल कर दी हो और अगर ये व्यक्ति अपनी आईटीआर फाइल नहीं करता है तो इसका जो टीडीएस है इन दो सालों में पचास हजार रुपए से कम हो टी और टीसीएस अब यहां पर इस बात को समझना क्या मैं अब हर व्यक्ति से यह डिटेल मांगूंगा कि भाई आप अपनी दोनों आई दो मुझे और अगर वो अपनी दोनों आई नहीं देता है और उसकी आई टी फाइल नहीं है तो मैं क्या उससे छब्बीस एस मांगूंगा कि आप अपना छब्बीस एस दो कि तुम्हारा टी या टी 50,000 रुपए पर ईयर से कम है तो क्या कर दिया गवर्नमेंट ने हमारी टेंशन बढ़ा दी कि भाई हर व्यक्ति जिसका आप टी काटते हो जिसका आप टी काटते हो आपको उससे ये डिटेल लेनी पड़ेगी अरे नहीं सर जो नया इनकम टैक्स पोर्टल आया है उस पर ये यूटिलिटी दे देंगे और वहां पर ये चेक करके बता देंगे कि पेन नंबर डालो और आपको बता देंगे टू जीरो सिक्स ए भी एप्लीकेबल होगा या नहीं अरे भैया जब तक यूटिलिटी नहीं आई तब तक आपको इस सेक्शन को पोस्टपोन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख बताओ अगर वो फैसिलिटी नहीं आती है तो ये हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट काम हो गया और अगर ये यूटिलिटी आ भी जाती है तो मैं डेली हर महीने 100 लोगों का टीडीएस काटता हूं क्या मैं 100 लोगों को बार बार चेक करूं और ऐसे कितने लोग होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ जिसका करियर ईयर पचास हजार रुपए टी कट रहा होगा और वो अपनी रिटर्न नहीं फाइल कर रहा होगा ऐसे होंगे क्या ऐसे होंगे दो चार लोग एक दो लोग होंगे ऐसे और उन एक दो लोगों को पकड़ने के चक्कर में तुमने हंड्रेड लोगों को परेशान कर दिया अरे भाई उसका TDS काट काट लिया लिया हमने, उसका वो वो अपनी अपनी आईटीआर आईटीआर नहीं भरता, तुम्हें तुम्हें क्या क्या दिक्कत दिक्कत आ रही है? है? इस चीज़ से क्या दिक्कत है? अगर वो अपनी भरेगा तो, हो सकता है ना, वो पचास का तो वैसे पकड़ लो यहां पर एक नया सेक्शन लाकर जो व्यक्ति टी के दायरे में है उनका पैनिक ना क्रिएट करें। इस सेक्शन की खूबसूरती समझ लो भैया ये वाला सेक्शन 194 ठीक है ना सॉरी 192 पर नहीं लगेगा मतलब सैलरी के, के केसेस में नहीं लगेगा 194 एन के, के केसेस में नहीं लगेगा तो यहां पर यह चेक करना है कि टू जीरो कुछ केसेस में नहीं लगेगा लेकिन जिन केसेस में लग रहा है जैसे कि प्रोफेशनल के केसेस में जैसे कि कमीशन के केसेस में जैसे कि वन नाइन्टी फोर केसेस में तो यहाँ पर एक जुलाई से अगर आप टी काट रहे हो और यूटिलिटी नहीं आती है तो ये डिक्लेरेशन ले लो इस बात को आपको समझना है अगर आपने डिक्लेरेशन नहीं ली तो आपका टी कटेगा हायर रेट से क्या हायर रेट इन्होंने बोला ट्वाइस द रेट ऑफ रेट इन फोर्स मतलब जो रेट अभी एप्लीकेबल है उससे डबल रेट कमीशन का रेट है पाँच परसेंट कमीशन के केस में पाँच परसेंट पर टी होता है ना उस केस में लगेगा टेन परसेंट और अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल के केस में कितना लगेगा टेन परसेंट रेट है उसमें लगेगा ट्वेंटी परसेंट और अगर मैं बात करूँ किस चीज़ की कॉन्ट्रेक्टर की तो कॉन्ट्रेक्टर के केस में रेट होता है वन उसका डबल क्या हो गया टू परसेंट नहीं लगेगा उस पे लगेगा फाइव परसेंट अरे भाई जान निकल जाएगी उसकी वो फटाफट अपनी आईटीआर भरेगा तो यहां पर आईटीआर भरवाने के लिए गवर्नमेंट इतनी पीछे पड़ी हुई है कि इस तरह का प्रोविजन बना दिया इस तरह का सेक्शन बना दिया वो तो सही है सैलरी वालों पर नहीं लगाया है सेक्शन नहीं तो जो व्यक्ति जॉब कर रहा होता उसे अपनी पिछले साल की आई लानी होती 192 पे नहीं लगाया है 194 नाइन्टी फोर ये लोटरी वगैरह वाले उन पर भी नहीं लगाया है 194 नाइन्टी एन पर नहीं लगाया और ऐसा ही एक सेक्शन टी में तो लाए लाए साथ के साथ किस में लेकर आ गए टी में भी ये प्रोविजन है तो अगर आप किसी का टी काट रहे हो या टी काट रहे हो तो भाई सामने वाले व्यक्ति से उसकी दो साल की आई टी लेना ले ले और अगर आपने दो साल की आईटीआर नहीं ली तो आपको दिक्कत हो जाएगी सर आप ये कहां से पढ़कर बता रहे हो भैया जब ये बजट आया था ना हमने उसी टाइम अपने फरवरी के एडिशन में ये चीज बता दी थी तो सारे लोग मेंटली प्रिपेयर होंगे लेकिन इस बार हम क्या करेंगे जो हमारा जुलाई का एडिशन है जो हमारा मैगजीन का जुलाई का एडिशन है उसमें क्या करते हैं आपको एफ बना के दे देते हैं इसके बेसिस पर जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ क्या इस बार का जो जुलाई का एडिशन है उसमें एफ बना दे सेक्शन वन क्यू पर टू जीरो पर अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना सर इस संडे क्या है? इस संडे सत्ताईस जून दो को शाम को मिलेंगे तीन से छः बजे तक सर क्या करेंगे हाउ टू फाइल आई टी आर फोर कैसे फाइल होती है यह बताएंगे बैलेंस शीट कैसे बनती है यह बताएंगे टैक्स प्लानिंग कैसे करें वो बताएंगे टैक्स रिविजन नहीं बताएंगे फोर्टी फोर एडियो एडीए में क्या दिक्कतें हैं कैसे किसे फॉलो करना है वो सारी बातें बताएंगे कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं कौन कौन से डिसअलाउ होते हैं वो बताएंगे डेप्रीसिएशन इनकम टैक्स और कंपनी में कैसे कैलकुलेट होता है वो बताएंगे तो भैया इसकी फीस कितनी रखी है तीन घंटे की फीस 599 है लेकिन ध्यान रखना शुरू कर पचास तक पचास रजिस्ट्रेशन तक बीस हो चुके हैं सिर्फ तीस रह गए हैं तो आप अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो मैगजीन की सैम्पल कॉपी लेना चाहते हो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सर हम तो ये वीडियो ही बाद में देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं जितने भी वेबिनार हम करते हैं उसकी हम रिकॉर्डिंग देते हैं इनकम टैक्स का करेंगे तो इनकम टैक्स वालों को देंगे पेन ड्राइव वालों को जी का करेंगे तो जी वालों को देंगे तो आप हमारी पेनड्राइव लेकर इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं पूरा फुल कोर्स आप उसमें देख सकते हैं और आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर ही लिया होगा ऐप के अंदर क्या खासियत है उसमें ना छोटी छोटी वीडियो है कि भाई दो सौ रुपये चार सौ रुपये छह सौ रुपये में वीडियो देख लो और आप पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना और वीडियो लाइक भी करना और कमेंट कर, कर बताना क्या इनकम टैक्स पर और वीडियो आपको चाहिए क्योंकि आपको पता है मैं इनकम टैक्स पर बहुत कम वीडियो बनाता हूँ तो मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख बताना इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ कुछ लोग पूछ रहे हैं इनकम टैक्स में क्या कोर्स है तो इनकम टैक्स का कोर्स समझ लो इनकम टैक्स में टी सी टारी भी बताते हैं और बहुत कम फीस है अगर आप इसे लेना चाहें तो इसे ले सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग